तो गैज मैं आ गया और लाइव पे फिर से और और अभी जो हम लोग लाइव कर रहे हैं ये ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं मैं चेक भी कर लेता हूँ थोड़ा और आप सभी का स्वागत है मेरे लाइव कस्टम रूम में तो गैज मुझसे अगर कुछ भी भूल चुक होता है तो भाई मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरा बहुत थोड़ा बहुत तो महसूस हो रहा है तो मैं वो मेंटेन करके चल रहा हूं कैप्चर नहीं हो रहे स्क्रीन तो माफी चाहते हैं पहली बार में मेरा स्क्रीन कैप्चर नहीं हो रहा था और आप लोग का सपोर्ट ही मुझे चाहिए होगा क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ सपोर्ट चाहिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को बेटर एक्सपीरियंस मिलता रहे ताकि आपको कभी भी मैं अगर कोई भी वीडियो डालता हूँ तो उसी का लाइव नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए और देख सकते हैं बंदे लोग ज्वाइन हो रहे हैं और हर एक बंदा ज्वाइन हो रहा है अभी और मेरा स्ट्रीम का जो क्वालिटी घटिया आ रहा था वही वो सही हो गया मैं एक बार आवाज चेक कर लेता हूँ कि अपना सही से आवाज आ रहा है कि नहीं तैतीस सॉरी और मैं इधर कमांड देता हूँ कि अपने जो दोस्त थे उसको मैं बोल देता हूँ थोड़ा WhatsApp ग्रुप संभाल लेने तो गैस इधर देख सकते हैं कि यह बंदा ज्वाइन हो गया गलत जगह पे किसको किधर से मतलब ज्वाइन करवा मैं थोड़ा लिस्ट देख लेता हूँ और गाइस देख सकते हैं कि ज्वाइन हो गया है लाइन अभी क्या कर सकता हूँ मैं तो वैल्ड आप लोग कई पर जाइएगा मत सब लोग को ज्वाइन होने के लिए सब लोग शायद तो ज्वाइन हो चुके हैं, थोड़ा कीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी था। तो मुझे लाइव लाइफ के अंदर से भी मुझे घर का काम भी करना पड़ रहा है और गाइज प्लीज तुम लोग थोड़ा एडजस्ट करके मतलब ज्वाइन कर लो मैं लाइव को इसको शेयर कर देता हूँ तो मैंने तो कर दिया है पब्लिक और शेयर भी कर देता हूँ ग्रुप में क्योंकि शेयर करने से ही प्यार पड़ता है आपको पता है तो वह मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ गया कि भाई आपका हो गया चालू लाइव स्ट्रीम और गाइस और भी बंदे जो है ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने देते हैं हम लोगों को और मैं एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में जो अपना लिंक है वो शेयर कर देता हूँ और तीन नंबर स्लॉट में दूसरा कोई बंदा घुस गया है मैं देख लेता हूँ थोड़ा अः ये तो भाई हर रोज का नाटक हो गया है अभी लाइव स्ट्रीम में भी ये लोग ऐसे करेंगे तो भाई कैसे चलेगा थक ठीक है चल रखी राखी ना भी ये मिउट कर दे तो गाइज ये लोग इतने भाई भीड़ बन रहे हैं। क्या बताओ उन लोग क्या बताओ कि भाई उन लोगों को बोला गया है हर एक दिन कि भाई अपने स्लॉट में जाऊं मैं अभी लाइव स्ट्रीम करूं या फिर आ, क्या करू मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइज़ लोग और सिर्फ पांच में भी देने वालों से ने कर रहे यार मैं अभी क्या बता, बता सकता हूँ और गाइड ये सब सपोर्ट करो मैं इतना ही चाहूंगा और लाइक कर दो कमेंट करो कि कैसा लग रहा है गेम प्ले और शेयर करना ही है और ये लोग फिर से दूसरे के स्लॉट में जा रहे हैं मैं एक मैसेज कर देता हूँ कि मैं चालू कर रहा हूँ और सारे जो प्लेयर्स है ऐड हो रहे धीरे धीरे अभी भी ऐड हो रहे और इधर से ऐड कर ऐड कर बोले जा रहा है भाई में तो इधर से जा कर सीधा सीधे अपना जो आ, लाइव चल रहा है वो देख लेता हूँ कि सही से हो रहा है कि नहीं आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है नहीं। तो कि नहीं क्योंकि बीच बीच में दिक्कतें आ जाती है और मैं स्टार्ट करूँगा 40 पे मतलब पक्का 40 हो जाएगा 9:40 तो मैं चालू कर दूँगा इसको गाइज जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं भाई उन लोगों को थैंक्स बहुत ही ज्यादा थैंक्स मैं बोलना चाहता हूँ और मैं अभी जो है मैच चालू करूंगा अगर पक्का जो 9:40 होगा मैं गेम प्ले चालू कर दूंगा अपना जो आ, और इधर मेरा आवाज़ आ रहा है पीछे तो मैं अपना गेम प्ले चालू कर दूंगा और बाकी का आप लोगों को दिख ही रहा होगा किम कैसा चल रहा है कि नहीं इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करो क्योंकि Uh, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए और इधर बंदे ज्वाइन हो रहे हैं और, और एक स्लॉट हो गया पूरा खाली ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है कुछ आज टोटल जो स्लॉट बुकिंग हुए थे सारे लोग ज्वाइन भी नहीं किए यार अभी क्या बता सकते हैं इन लोग को चलो गाइज मैं अभी टाइम रहते चालू कर देता हूँ मैच को तो गाय अभी हम लोगों का मैच चालू हो गया मैंने बहुत देर से बातें कर लिया तो भाई मैच चालू करूँगा करूँगा करके मैं किया था देखते के कौन ले जाता है चिकन डिनर और जो भी नए बंदे देख रहे हैं भाई लाइव स्ट्रीम को प्लीज़ आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब करें मतलब सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मेरा कल्याण होगा तो मेरा कल्याण होगा तो आप सभी को अच्छा लगेगा देख सकते हैं कि मैं लाइव पे आ गया हूँ बटन पे इधर बंदे लोग का उतना भीड़ नहीं है हर दिन का जो भीड़ रहता है आज मेरा थोड़ा यूसूस हो गया था और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत परेशानी फेस करनी पड़ा और कमेंट में दिखाया आशीष रावत स्टार्ट करो अच्छा भाई स्टार्ट कर दिया भाई स्टार्ट कर दिया थैंक्स फॉर वाचिंग ग्रो और हो सके तो वीडियो को लाइक करो कमेंट करो कि आपको तो कैसा लग रहा है क्या क्या नहीं चाहिए और क्या क्या है तो आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि एक मोटिवेशन मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिलाता है आप लोग तो, और क्या बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं है बोले जा रहे हो क्योंकि में लेकिन आगे है, है प्लेन में अपना प्लेन जो है अपना जजम तरम अमन तरम प्लेन और प्लेन में से कूदना चालू कर दिया 25 नंबर टीम और टीम तो मिल्ट जा रहे हैं फिलहाल और आगे भी तीन टीम जो है जा रहे हैं एलेक्स निक्की का भी टीम खुद जो नंबर वन का टीम है और बारह नंबर टीम दस नंबर टीम पंद्रह नंबर टीम और एट कौन सा टीम है मैं दिखाई नहीं दे रहा है नाम से डक गया है तो अभी मैं दो नंबर की टीम को देख रहा हूँ रॉक राज वाई को जो शायद से यूट्यूबर है और ये भी खुद झलांग मार दिया है ही मारी है इसने और ये जा रहा है जॉर्जोपुर और जॉर्जोपुल में इसके साथ बहुत सारे स्क्वाड भी जा रहे हैं मतलब अपने साथ मौत का पैगाम लेके जाते हुए और इनको शायद से सुनील सेट्टी किस टाइम में मारेंगे सबको सबको ही गाइज वीडियो को लाइक करना कोई मत भूलिए यार क्योंकि मोहब्बत बरसा होगी तभी ना सावन आएगा है कि नहीं ठोको ताली और ये लोग कूदिये लो पीछे कूदा आठ नंबर का टीम और ये हेलमेट पकड़ लिया इसने हेलमेट फेंक के मारने वाले और आगे कितने स्क्वाड्स जो है इधर हो सकता है जल्दी से जल्दी फाइट तो मैं आ गया हूं पंद्रह नंबर टीम के पास और मैड पार्किंग को लेटा दिया है भाई नीचे सात नंबर की टीम है सात नंबर का टीम कौन है सात नंबर है डी ओ भाई और पंद्रह टीम का मतलब समय खराब चल रहा है क्योंकि अभी सुपा हॉट फायर जो डी सेवन ने अपना नाम अपडेट किया है टीम का नाम मतलब सूप जैसा नाम लगा ना पहले मुझे सुपा ऐसा कुछ था तो सूप जैसा लगा नाम तो मैं इसका बहुत मजा घुराया <laughs> तो गाइज अभी देख रहे हैं इधर और फाइट किधर हो सकता है वो भी देखते हैं थोड़ा बहुत क्योंकि मैड टीम को अभी पढ़ रहा है मैड टीम फिर से टपका दिया इधर एक को मैड लाखन ने और हाइड्रा सुदित तो घेरे में आ गए बेचारा के सामने शेर तो पीछे भी शेर और देखो इसको कैसे मारेंगे और मार खाने के लिए बैठा हुआ था अभी देख सकते हैं कि पूरा ड्रोन व्यू लेते हुए मैं मैं घर द्वार कुछ मानता नहीं उसके अंदर से जा रहा चला देख सकते पूरा टीपीपी ले रहे हैं लखन लखन जो है पूरा पूरी टीपीपी ले रहा है और किधर तो फायर का कोई निशान भी नहीं है और कोई फाइट के पॉसिबिलिटीज भी नहीं है तो हम लोग इधर मैड वर्सेस सुपर हॉट फायर मतलब एस एच एफ या फिर डी सेवन आप लोग जो वो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका नाम क्या रखना चाहिए विभाष देख रहा है मैच में अच्छा कुछ गड़बड़ी हो गया है भाई मारा कैसे देखो लखन ने डी के ऊपर बमबारी मैं से भूल गया इसका नाम क्या है जैसे मेरा नाम देख लो रेमो कितना छोटा सा नाम है कितना प्यारा सा जैसे सा तो साइज कमेंट्री जो हो रहा है वो रेमो के द्वारा हो रहा है रेमो यानी मैं मैं यानी रेमो तो होता है यार तो अगर नाम छोटा होता है तो बुलाने में जल्दी हो जाता है बुलाना कि कोई भी दिक्कतें नहीं आती है बुलाने में देख सकते हैं कि मैट तो मुश्किल हो, जा, हो, हो जाएगा डूबर से नहीं ट्राइवर से अरे इधर पाइट हो रहा है भाई मुझे इधर देखना है मैं कोई बकबक नहीं करूंगा अभी कार नाइनटी एट के को मार पड़ रहा है दीपक को देख सकते हैं और एक को नॉक किया बंदे ने और बंदे के सामने और एक बंदा और इसको मार पड़ेगा बहुत गंदा और पबजी बॉय को कर दिया है नॉक अरे मारो है भाई इसको पूरा खा के जाएगा तो खा लिया पूरा पबजी का बाप ने उसको दिया डैमेज इधर से से मार दिया दिया पूरा जाओ जीना कर दिया इसका मुश्किल और मैं फिर फिर जाऊंगा क्योंकि मैड वर्सेस सेवन, फिर से चारों बंदे एकदम सातिर नजरों से नज़रें टिकाए हुए हैं मैड टीम के ऊपर क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में भाई इन लोगों का बहुत झमेला चलता है मैं देखता हूँ मजा लेता हूँ झमेला का हो जाता है भाई इधर देखो मिल गया है हंटर को, मैड हंटर को मुंडी निकाला मुंडी में मुंडी में पड़ा और बोलते मुझे दे दे ठाकुर दे देख सकते हैं कि मुंडी निकालता है कि मार पड़ता है मुंडी निकालो मार पा साइलेंट जो है साइलेंट किरा वो ऊपर है उसने अपना नाम चेंज किया है एस कर दिया था ये ऐसे एच मतलब कितना ज्ञानी इंसान भाई समझ लो और ये मैट टीम जा रहा है सी के ऊपर और नीचे और आगे और पीछे और घुस रहे हैं बंदे मैं थोड़ा डी सेवन को देखता हूँ देख सकते हैं और देख सकते हैं एक बंदे को कर दिया है नोक उसने भी कर दिया है नोक आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ मार और इधर से मैच टीम का शायद से खात्मा नहीं भाई खात्मा ही हो गया भाई कॉफिन बना दिया है और देखो जिसने नामकरण किया है मतलब एस एच एफ का उसको मिला है पब्लिक मार और अर्जुन देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया हताश हो गया है बंदा भाव वाला डायलॉग नहीं देने वाला हूं मैं और ये बंदे ये क्या हो गया है बंदे को शैर से लकवा मार गया है देख सकते हो और बाकी के बंदे जो है अपना धंधा चौपट करने के लिए तुले हुए हैं और बाकी के बंदे जो फाइट लेने के लिए तैयार भी नहीं है। देखो बैठ गया बंदा लगता है मेरा टट्टी करने बैठा है, ओ भाई भैस इधर ऐसा नहीं चलेगा आपका लाइव लाइव दिखाया जा रहा है आपको ये बंदे ही मना कर रहे हैं डीजी के में कि भाई इधर टट्टी करना मना है बंदे को मार रहा है और उधर देखो और एक बंदा टट्टी करने बैठ गया वो करेगा हम भी करेंगे वो खाना भी खा रहा है और टट्टी भी कर रहा है देखो तो इधर फिलहाल लाश बना दिया पूरा लाश बना के हालत खस्ता करते हुए और मैं देख लेता हूं आठ नंबर टीम को फेस थ्री को देख रहा हूं मैं अभी और इधर जिम्मी को मिल गया है थोड़ा बहुत डैमेज थोड़ा बहुत नहीं फिफ्टी परसेंट से ज्यादा ही मिल गया है उसको डैमेज और नंबर का का टीम एक मेंबर है देख सकते सकतेवन एफ लियो और बंदे दो बंदे को नॉक कर दिया है भाई ये क्या कर रही है लोग छीम अभी हावी हो रहा है भाई दस आठ नंबर टीम के ऊपर और खत्म हो जाएगा साहब से कर दिया भाई कर दिया खत्म ही कर दिया पूरा आठ नंबर टीम को सफाया कर दिया भाई तो एक टीम और साफ हो गया भाई जैसे कि हम लोग देख सकते अगल बगल में कोई भी टीम नहीं है और ये टीम आज का नया पब्लिक मार दे है ये लोग भाई देख सकते हो कि इधर से मार रहा है रॉक ये सब ये भाग गए नूगरों का ड्रेस पहन गए और इधर से फिर से दो नंबर के ऊपर गोलीबारी और स्नाइपर सचिन को गिरा दिया नीचे बेचारा अकेला पड़ा हुआ है उधर बोल रहा है भाई मुझे पकड़ ले।, ले बोल रहा है आके मेरा पकड़ ले बोल रहा है ऐसा ही भाई भाई प्लीज दूसरा कुछ मैं कि निकल जाते हैं तो गाइज देख सकते हैं कि हम लोग अभी है दो नंबर वर्सेस छ नंबर के सामने तो ये बंदा पीछे जा रहा है एडब्ल्यू एम नवाब और इसको फटका पड़ना चालू भाड़ भाड़ से ताप कर से मिलेगा इसको लेकिन भाग गया इसके पार्टनर पर मार रहा है भाई साफ कर से देख करते कि इधर लगा है डोरम तोरों से मार और दो बंदे को कर दिया है हताश और जिसको पहले मार मिला वो भागा पहले और इसको नहले पे दहला वाला मार मिला पिछवाड़े पे गोली और बंदा रीछ पे आके चुपचाप चुप, चुप जाएगा लगता है मुझे हाँ चुप गया मैं 47 लियो को देखता हूं किसी बंदा भी अरे मार दिया वाह भाई और बचा हुआ है रॉक राज यूआईटी इसको भी से मार देगा ये लोग देख सकते हैं गाड़ी फोड़ रहे हैं कोई मतलब का बेमतलब का गाड़ी फोड़ गया है बस इसी के साथ इन लोगों का जो कहानी है अधूरी हो गया इन लोगों की अधूरी कहानी और गाइस देखो बर्बाद कर दिया इसने पूरा पैसा बर्बाद और गाइस अगर स्क्रीन तुम लोगों को अच्छा लग रहा है ना तो बेल आइकन जो है ना बेल आइकन को दबाने के पहले ही लाल आइकन दबा देना तुम लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं मतलब तुम लोगों को एक गिवावे दूंगा लाखों गुड विशेष की गिवा ये कोई नहीं रहता है मैं तो अभी देख सकते हैं कि डी जा रहा है देखो अर्जुन को देखो अपना पूरा पैतरा मार रहा है और ये आगे और एक टीम कई लोग गाड़ी रुक के चला रहे हैं मतलब माइकल जैक्सन कहते हैं यार भाग गया भाई हाँ जमीन मैं सच करता तब ना ये रुके रहते हैं लोग और देख सकते हैं कि आगे की तरफ जाके फिर रुका लोगों को ओवरटेक करके चला गया भाई कब ड्रॉप के संग अपना ही टीम में गाड़ी का आवाज़ सुनते तो इन लोगों ने अभी तक तीन किल चटका दिया है भाई और आगे एक फायर भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि 12 नंबर टीम भी सामने नजदीक में है और इधर देख सकते हैं कि भाई आ गया है और के जपेट में और एक टीम भाई वाले मतलब तुम लोग खराब मत सोच रहे क्योंकि तुम्हारा जो नाम दिया है ना भाई तुमने बहुत खतरनाक नाम है वो मतलब करने के तक मेरा जवान फिसल जबरदस्त फायर मतलब जबरदस्त नहीं जबरदस्त फायर हो रहा है हर एक को मिला परफेक्ट मार भाई ये लोग ना हड्डी तो मार मार रहे है भाई ऐसा ना मारना नहीं चाहिए ना तो वैसे हैं डब्बा बना के लूट रहे ये लोग और इधर एक बंदा दोन पे मर गया भाई क्या बात जो ऑफलाइन था वो मर गया ऊपर जाके नीचे जाके इधर से उधर और इधर आ रहा है नौ नंबर की टीम नौ नंबर की टीम या फिर चौदह नंबर की टीम पता नहीं चल रहा है यार नौ नंबर प्लस चौदह नंबर दोनों आ रहे ये क्या है भाई और देख सकते कैंपर रिसी नाम के आगे कैंपर लिख के रखा है देखो कैंप करके मारेंगे बोल रहे पूरा स्कैम कर देंगे और ये लोग पूरे नंगे गएंगे और पीछे इन लोगों के ऊपर झपट पड़ा है भाई चौदह नंबर टीम के ऊपर झपट पड़ा है भाई और सफाया कर दिया कितना जल्दी खाली है मुझे देखने को नहीं मिला तो देख सकते गाड़ी लेके पूरा लूट रहा है मजे में और ये लोग चल रहे है अभी जोन के तरफ और टी सेवन का नजर अगर आ गया इन लोगों लोग तो इधर भी कुछ हो सकता है अंदर फाइट देख सकते हैं कि छह नंबर टीम के ऊपर और ये बंदा क्या कर रहा है भाई भाई उधर चार बंदे है तो जाएगा तो मरेगा भाई और गाड़ी भी गलत खड़ा किया और इधर ही उसका खात्मा पता था भाई ऐसे अगर गाड़ी चलाओगे तो तुमको मार ही खाओगे ना? देख सकते हो तो एक एक बंदे को मार रहा है भाई लड्डू धुआं वाला लड्डू सिगरेट फूंक रहे हैं ये लोग और D7 टेढ़ा होके ओके चलना है भाई मतलब मेरा रेंडर होने में थोड़ा लेट आया भाई चलो हाँ अभी घाय करते करते देखो इन लोगों पर गोलियों का बरसात छ नंबर टीम जो है अरे सॉरी नौ नंबर टीम मार रहे मैं छः नंबर क्यों बोल रहा हूँ और ये बंदे को नीचे पानी में गिरा दिया भाई मार के अर्जुन ऊपर जा रहा है मुंडी दिखा रहा है और मैं अर्जुन को एक बार कर लेता हूँ तो अर्जुन इस स्प्रे दिखाना तो वही रोना आ जाएगा और देखो डैमेज और नौ और दो दोनों और तीन और एक बाकी है उसको ही मिलेगा साइब से बराबर पे। बंदा है इधर जस्टिस जस्टिस आर्मी मैं अभी एक मूवी की तरह सोच रहा था इसको जस्टिस लीग की तरह अगर होता तो भाई क्या होता दो बंदे को तीन बंदे को मार के ये लोग पूरा लूट लिए अच्छे से और इधर से डीजी गेमर और अर्जुन आ रहा है गाड़ी लेके बंदे ने नाप लिया था और देखो बंदे को बस प्रे और बंदे फिर से गाड़ी में गाड़ी लेके पानी में कूद गया बंदा करना क्या जाता है हर एक गाड़ी को डुबू के मार रहा है क्या और देखो मार रिटर्न रिवार्ड आया इसको रिप्लाई एकदम सही टाइम पर मिल रहा है और देख सकते हैं भाई पिछवाड़े पे मिल गया गोली डीजी के द्वारा और देख सकते हैं कि ज्यादा बंदे बचे नहीं है अभी इधर से फाइट देखने को मिल जाएगा मुझे छ नंबर टीम जा रहा है तीन नंबर और एक नंबर के पास और इधर ऑलरेडी मचान बना हुआ है इधर आकाश सिंधे ऊपर है तीन नंबर की टीम के ऊपर कौन किसी ने तो कौन ने तो बम गिराया और नीचे एक नंबर का टीम जो AWM का टीम है और और एक नीचे छ नंबर का टीम जो तीन टीम इधर ही आके भाई मचा रहे देख सकते हो ये तो भाई बोल्ड का टीम है लगता है बोल्ड किंग ओपी ये बंदे ने मतलब सबके नाक में दम कर सकते डी सेवन को अभी हराने के लिए ना इन्हीं को जरूरत है क्योंकि मैंने बॉल टीम का जो मैचेस है बहुत सारे मैचेस देखा है मैंने तो ये टीम जो है घातक खेलते हैं भाई लेकिन इन लोगों की किस्मत इन लोगों का कभी साथ नहीं देता है आज अगर साथ दे दिया देखो भाई डी भी आ गया, गया, गया। लोग मचाओ भाई फिर मचाओ भाई तो देखो बम से बम धरे जा रहे हैं लोग आकाश सिंधे को मिल गया डैमेज और दो बंदा नॉक और भाई क्या हो रहा है डी सेवन के ऊपर भारी पड़ गया है एक नंबर तीन और देख सकते हैं कि अर्जुन को भी नॉक कर दिया है और आप लोग क्लीन व्यू दिख रहा है वो भाई क्या मार रहे है लोग क्या ही मार रहे हैं और डीजी के का मैं वो अंदर है और निराला पीछे से घूम के आ रहा है और ये बंदा क्या कर रहा था मुझे पता नहीं पूक पुदक के क्या ढूंढ रहे थे और इसको मिल गया मार और डी सेवेन आते ही एक को खा लिया और इधर और एक टीम को भी खा लिया छः नंबर ने खा लिया भाई अभी कोई टीम नहीं है अभी सिर्फ बगल में एक कार नाइनटी किल नाइनटी एट जो है वो टीम बचा हुआ है और अभी फाइट हो सकता है बोल्ड वर्सेस डी सेवन तो गाइज देख सकते हैं कि नजारा कितना सुंदर दिखा रहा है एकदम सुंदर और क्लीन व्यू आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं कोई झमेला नहीं कोई आवाज नहीं पूरा सन्नाटा ना कोई मतलब हिंसा की आवाज और इधर से देख सकते कि इन लोगों में से मार के मार रहे एकदम पूरा परफेक्ट और दे दिया अर्जुन को अर्जुन का स्प्रे पर गया है फीका और इसको रिवॉर्ड में मिल गया है भाई तीखा और देख सकते हैं कि डी सेवेन के ऊपर झपट पड़ा है भाई बोल्ट बोल ओपी भाई बी सेवन को भारी पड़ रहा है अभी देख सकते हैं कि मिल गया भाई और बोल्ड की टीम के दो मेंबर और इधर भी दो मेंबर गिरे पड़े हुए अर्जुन ने तो, अर्जुन को भी खा लिया भाई बोल्ट किंग ओपी को थोड़ा भी डैमेज नहीं मिला भाई क्या डी सेवन का खात्मा भाई मुझे लगा ही था ये बोल्ट कि नहीं करेगा भाई इन लोगों का आज नटबोल्ट हिल गया है पूरा नट बोल्ट ढिला करके मारेंगे मतलब कसम खा लिए लिया है ज़ोन में आते हुए नहीं है मतलब जोन पे ही है वो मेरा कभी कभी मेरा बात जो है ना इग्नोर कर देना गाएग। तो तो मेरा नेट हो गया था तो कभी कभार ऐसा होता है बड़े बड़े शहरों में ना ऐसा मैं। यार, अच्छा विशाल थैंक यू भाई थैंक यू भिकी महाकाल हो तो मैं मतलब दिखा हुआ है भिकी महाकाल लेकिन भाई कमेंट तो देख देख लो यार हाँ मैं कमेंट देख रहा हूँ गेम भी देख रहा हूँ ना मतलब थोड़ा बहुत दिक्कतें भाई तुम देख रहे हो लाइव स्ट्रीम को शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो और में लगा चुम्बे चार चार पॉलिश इसको पॉलिश अच्छा नाइट मतलब कमेंट अच्छा लगा बेटा <laughs> चलो तब अभी हम लोग मैच देखते अच्छे से और देख सकते हो कि नेट का इशू चल रहा है भाई अभी क्या बताओ ये लोग आराम से इधर बैठे हुए हैं और इन लोगों के साथ फाइट पा हुए इन लोगों के तरफ दे दिया और एकदम मजे वाला जगह ले लिया बोल्ड की टीम चट्टे फट्टे आज नट बोल्ट ढीला कर देंगे मार के सबका और ओके तो कैसा लगा मेरा मजाक भाई भाई जितने लोग भी मतलब ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हो ना भाई प्यार बांटो सबसे किसी एक से नहीं हर एक से ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया भाई हाँ भाई कर लूंगा कर लूंगा मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है ना अभी स्ट्रीम खत्म होने तो एक साथ खेलते अभी क्या और देख सकते हो कि इसका टीम का एक मेंबर चला गया आगे और इसके उप... पीछे पीछे पूरा पॉड भागे और पांच नंबर टीम को आड़े में लेने की कोशिश कर रहा है और इधर रुका दिया गाड़ी स्लो मोशन में चला रहा था और मार मिला तो लाखों पाए लौट के बुद्धू घर के तरफ ही जाए देख सकते हो कि मैं में थोड़ा ड्रोन व्यू लूंगा और जबरदस्त फायरिंग बोल्ट की मोफी के द्वारा एक मारा है उसको और देख सकते हो पाँच नंबर की भूल होता है ये सभी ए, ए, क्या बोलते कभी कभी मेरा आवाज़ अटक है और मेरा मुंह मतलब खुल नहीं रहा है मेरे मुंह से भी नहीं निकल रहा है तो बंदा है ऊपर हरा से नीचे हर बंदा है जा रहा था आगे इसको मार मिल गया बारा बार और पासा नीचे से फायर दे रहा मैं इन लोगों को थोड़ा देख लेता हूं और बिकी को मिल गया डैमेज और बिकी को नॉक कर दिया है पासा ने भी नॉक किया है भाई बदले लिया और उसको खा लिया पूरा समाधि बना दिया है और ल नाइंटी एट हील होते हुए मतलब हील करने के अलावा कोई उपाय नहीं है और बंदे का कम हेल्थ था, था तो उसको बचा रहा पहले और उधर आदित्य नॉक था और डीजी दीज, डी जी गेमर डीजी किंग बोल्ड किंग सॉरी डीजी किंग की बोल्ड किंग ऑफी और नेट देखो नेट देफेक्ट भाई क्या नेट मार रहे है लोग और फिर से नॉक नेट पे नेट करके मतलब बदला लेंगे तो ऐसे अभी देखो खत्म ओ भाई ओ भाई तो जीता कौन बोल्ड की टीम तो बोल्ड की टीम ने आज नटबॉल ढीला करके मारा है और बोल्ड किंग ओपी ने तो आग लगा दिया है भाई नौ किल किया है बोल्ड किंग ओपी ने अकेले और बोल्ड की टीम के पास आया है टोटल किल्स नाइन फिफ्टीन और इधर सात हो जाते कितने भाई बाईस किल ओ भाई तो बहुत ही ज्यादा किल किया है भाई बोल्ड की टीम ने मतलब आधा लॉबी इन लोगों ने खाया मतलब खा लिया है पूरा और खाने के बाद इन लोगों को ढका भी नहीं, नहीं मारा है एक बार तो यही देखने वाली चीज थी तो गाइस आप लोगों ने अगर ये स्ट्रीम अच्छे से देखा है अच्छा लगा है और मेरा कमेंट्री सुन के आपको प्यार आ गया है बहुत तो डिस्क्रिप्सन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है आप लोग आके विजिट कर सकते हैं और अपना टीम लेके आइएगा क्योंकि अकेले के लिए मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है अकेले के लिए कि एक टीम अगर झपट पड़ेगा तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारा बंदा कौन बचाएगा तुमको राइट तो जाओ कमेंट सेक्शन में जाके बता दो केम पे कैसा लगा लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइज क्योंकि आप लोगों के उंगलियों में है जादू चलो आज के लिए इतना ही कल के दिन मिलते हैं एक और लाइक सीन के साथ तब तक के लिए शुक्रिया